हेलो फ्रेंड्स मैं प्रीति आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ स्टफ परबल की रेसिपी ये इतनी टेस्टी और इतने मज़ेदार बनती है कि आप एक बार इस रेसिपी को बना के ट्राई जरूर करेंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जिन सामानों की ज़रूरत है वो घर में हमें आसानी से मिल जाती है रेसिपी को बनाने के लिए हमें कुछ खास मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बनेगी तो बहुत ही टेस्टी इसे स्टफ़ इस परवल या भरवा परवल दोनों ही नाम से जाना जाता है तो चलिए हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं स्टफ़ परवल की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ 500 सौ ग्राम परवल लिया है तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने दूसरे टाइप का परवल का इस्तेमाल किया है इस जगह पर नॉर्मल हम लोग जो आलू परवल की सब्जी बनाते हैं वो परवल इसे थोड़ी सी अलग होती तो सबसे पहले हमें स्टफ परवल के लिए परवल को छील लेना है तो आप इसे चाकू की मदद से इस तरह से छिले स्ट परवल बनाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसी तरह का परवल का इस्तेमाल करें इस परवल से इस्ट परवल की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है अगर आपके पास इस टाइप के परवल अवेलेबल ना हो आप किसी भी तरह के परवल से इस रेसिपी को बना सकते हैं तो सबसे पहले हमें इसके छिलके निकाल लेने हैं और इसके हम दोनों साइड के डठल को इस तरह से थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे तो ज़्यादा हमें नहीं कट करना है दोनों साइड से और छिलने के बाद हम इसे धो लेंगे तो देखिए मैंने इसे पानी से अच्छे से साफ कर लिया है अब हम इसे एक चाकू की मदद से बीच से परवल में इस तरह से कट लगा लेंगे और हम इसे एक स्पून की मदद से इस तरह से इसके अंदर का पार्ट निकाल लेंगे इस पार्ट का इस्तेमाल हम इस्टफिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इसी तरह से हम सभी परवल को कट कर लेंगे और उसके अंदर के पार्ट्स को निकाल लेना है सभी परवल को मैंने कट कर लिया है तो अब हम परवल को स्टीम करेंगे और इसके अंदर का ये पार्ट हम स्टफिंग के लिए रख देंगे तो अब हम गैस की तरफ चलते हैं गैस पर मैंने कढ़ाही चढ़ा दिया है और अब हम इसमें लगभग एक गिलास पानी डाल देंगे और पानी एड करने के बाद हम इसमें एक स्टैंड रख देंगे और परवल को हम एक जाली वाला प्लेट लेंगे सब परवल को हम इस प्लेट में रखेंगे तो हमें सभी परवल को एक ही बार में स्टीम कर लेना है एक बार में सभी परवल आ जाएंगे तो देखिए सभी परवल को मैंने रख लिया है अब हम इसे कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम परवल को सेवेंटी टू एटी परसेंट तक कुक करेंगे तो देखिए अब हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं मैंने लगभग परवल को सात मिनट के लिए स्टीम किया है तो अब आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी सॉफ़्ट हो गई है तो अब हम इसे निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे थोड़ी देर बाद मैंने गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है तो अब हम इसमें लगभग दो चम्मच तेल डालेंगे और इसे हम थोड़ा सा गर्म करेंगे तो तेल को हमें यहाँ बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है और अब हम इसमें परवल फ्राई करेंगे इस समय गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हमें इन परवल को फ्राई करना है तो यहाँ ध्यान रखें कि इस समय गैस का फ्लेम हमें फुल नहीं करना है क्योंकि हमने परवल को सेवेंटी टू एट्टी परसेंट ही स्टीम किया था तो हमें थोड़ा सा परवल को इस तेल में भी पकाना है तो मीडियम फ्लेम पे हम इसे इस तरह से चलाते हुए फ्राई करना है तो परवल फ्राई करने में हमें लगभग पाँच से सात मिनट लगेगा दो मिनट परवल फ्राई करने के बाद हम इसमें एक चौथाई चम्मच नमक ऐड कर देंगे ताकि नमक परवल के अंदर भी अच्छे से चला जाए और अब हमें इसे अच्छे से परवल फ्राई होने तक फ़्राई करना है तो आप देख सकते हैं कि परवल अब अच्छे से फ्राई हो चुकी है तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में और इससे ज़्यादा हम इसे नहीं फ्राई करेंगे तो सभी परवल को हमने फ्राई कर लिया है तो अब मैं इसे साइड रख देती हूँ और इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल और डालेंगे और अब हम इसी लिए स्टफिंग तैयार करेंगे मैंने लगभग एक चम्मच तेल इसमें और ऐड कर दिया है तो अब हम इसमें कुछ खरे मसाले डालेंगे आधा चम्मच पंचफोरन एक चम्मच गरम मसाला गरम मसालों को मैंने थोड़ा सा क्रस कर लिया है आधा चम्मच जीरा दो सूखी लाल मिर्च इसे हम तोड़ के डालेंगे और दो तेजपत्ता इसे हम तेल में कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे और इसमें अब हम एक चौथाई चम्मच डाल देंगे हींग, हींग डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू आता है इन मसालों को कुछ समय तक फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज तो यहाँ मैंने तीन प्याज को इस तरह से रफली कट कर लिया है और अब हम इसे फुल फ्लेम पे लगभग पाँच से छः मिनट के लिए फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए तो प्याज जल्दी सॉफ्ट हो जाए इसके लिए हम इसमें आधा चम्मच नमक ऐड कर देंगे और प्याज को हमें फुल फ्लेम पर ही फ्राई करना है तो प्याज को फ्राई करने में हमें लगभग पाँच मिनट लगेगा अरे मसालों में मैंने पचफ़ोरन का भी इस्तेमाल किया था पचफोरन डालने से सब्जी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो देखिए प्याज को मैंने अब अच्छे से फ्राई कर लिया है और ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट भी हो गई है इस समय हम इसमें ऐड करेंगे मसाले तो मसालों में मैंने लिया है दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे डेढ़ चम्मच हल्दी पाउडर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दो चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर और दो चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे इन मसालों को हमें दो मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है दो मिनट होने के बाद हम इसमें परवल में से निकले हुए ये पार्ट्स ऐड कर लेंगे और इसे भी हम दो मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो हम इसे करची की मदद से इस तरह से प्रेस करते हुए फ्राई करेंगे ताकि इसमें एक भी बड़ा टुकड़ा ना रहे तो देखिए मसालों को अब मैंने फ्राई कर लिया है और अब ये रेडी भी हो चुकी है तो इस तरह से हम इसे थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें एक चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे और इसमें हम एक चम्मच आमचूर पाउडर ऐड कर लेंगे आमचूर पाउडर से थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर आता है और अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे नमक का इस्तेमाल हमने इस रेसिपी में कई जगह किया है तो आप हिसाब से नमक का इस्तेमाल करें और अब आप देख सकते हैं कि मसालों को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में तो मैंने आधे मसाले को ही निकाला है आधे को हम ग्रेवी तैयार करेंगे खड़े मसालों को हमें नहीं निकालना है हम इसे ग्रेवी के लिए ही छोड़ देंगे तो लगभग मैंने इसमें एक गिलास पानी ऐड कर लिया है तो हमें इसमें ज़्यादा ग्रेवी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ड्राई सब्जी बनाने वाले हैं मुझे ये अभी थोड़ी सी ज़्यादा थिक लग रही है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेती हूँ और अब हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और इस समय गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देंगे तो जब तक ग्रेवी में उबाल आ रहा है हम चलते हैं परवल में इस्टफिंग करने के लिए तो मैंने यहाँ परवल और इस्टफफिंग को एक जगह रख लिया है और अब हम एक परवल लेंगे और इस तरह से इसे हम खोलेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा इस्टफिंग भरेंगे तो इस तरह से हम इसे प्रेस करते हुए भरेंगे और अब हम इसे इस तरह से कवर कर देंगे तो दोनों साइड से हमें इस तरह से लेना है और इसे कवर कर देना है इस्टफफिंग को अच्छे से तो देखिए एक परवल को मैंने इस्टफ़ कर लिया है इसी तरह से हम सभी परवल को इस्टफ़ कर लेंगे सभी परवल को मैंने स्टफ कर लिया है तो चलिए अब हम ग्रेवी चेक कर लेते हैं तो देखिए ग्रेवी में भी अब अच्छे से उबाल आने लगी है और अब आप देख सकते होंगे कि ग्रेवी भी अब थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे ये स्टफ़ किए हुए परवल तो जिस साइड से हमने परवल को स्टफ़ किया है उस साइड हमें ऊपर ही रखना है तो अब हम मीडियम फ्लेम पर इसे दो से तीन मिनट के लिए और पका लेंगे तो इस तरह से हम इसे ग्रेवी में थोड़ा सा डिप करेंगे ताकि ग्रेवी इसके ऊपर अच्छे से आ सके तीन मिनट बाद आप देख सकते होंगे कि स्टव परवल की ये सब्ज़ी कितनी बढ़िया दिख रही है और परवल भी अब अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और इसकी आप ग्रेवी देख लीजिए कितनी गाढ़ी हो गई है तो इस्टव परवल की सब्जी बनके हमारा रेडी हो चुका है तो आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट